का चीता चीता आ रहा है कुनों में भैया मोदी जी के हैप्पी बर्थडे वाले आओ। तो तुम टाइम में देखो जब बड़े सौभाग्य की बात है <laughs> का? कि अपने यहाँ जे वाले चीतारे हाँ कारे वाले भैया तुम मालूम चार प्रजाति होती है हमारे मध्य प्रदेश में आती अरे पूरे जंगल में भैया ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरे जंगल करे हुए भैया जंगल ऐसे थोड़ी खत्म हो जाते हैं अधिकारी कहीं ना कहीं मिले होते जंगल लकैया कटवा रहे हैं जानवर मरवा रहे हैं शिकारियां से मिले ए, तुम तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ले लो हाँ। जंगल यूनिवर्सिटी और स्कूल और जो होटल रेस्टोरेंट बता अब जो टाइगर के घर में जिनके जानवर के घर में खुद जाकर बैठ जाओगे तो वे तो बेचारे डर के बारे में निकल के बाहर आएंगे ना भैया अब टाइगर समझ गए तुम लोग हमारे घर में घुस गए तो बेहतर सड़कन पे आएगा अखबारों में छपती है की टाइगर सड़क पे आएगा टाइगर सड़क पे आया टाइगर सड़क पे ना आया भैया तुम जंगल है अपने घर में जाते अन्यान तो जाओ तो वो? बताओ जंगल लपेट के कते हैं ये भैया तुम्हें भैया छलांगी लम्बी लगाते हमने सुनिए की दो ढाई किलोमीटर तो ना आप लेते हैं छलांग लगाते है भोपाल तक आ सकते मां लंबे वाले टाइगर है ना बे वाले हाउ कौन सी अभी जिंदा हाँ, है है हाँ, तो टेंशन में भैया हाँ, कि पाने अगर छलांग हाँ, तो भैया विधानसभा से मंत्रालय की जंगल बचाए काम कर रहे हैं मोदी जी ने कहते मतलब जो इनकी छवि है ना कहते शेर वाही कहा बताए गई देश दुनिया में धाड़ रहे है अभी एक बात है भैया ये बड़े बिल्ला तो देने दे अफ्रीका से मंगाया ना नहीं है। तो मालूम ना है भैया कहा बड़े बिल्ला जो मंगाए इससे तो वो टेस्ट कर रहे चीतना है क्या सो? टेस्ट ऐसे कर रहे है तो भैया अगर इन्हें एक हो खोच आ गई तो तो बवाल तो वो जो गी फिर आएंगे ये तुम मालूम भैया ये टाइगर मन ही मन कहा सोच रहे कहा सोच रहे जो गल को फंदा कम है जो बड़े बिल्ला टाइगर ना, तो ना, ना दे तो अच्छे कतई लो मोदी जी जब गिर के जो शेर है जो दहाड़त दे उन्हें कतई अपने बच्चे ने कितने रखा दे अपने बच्चा ऐसे थोड़ी दे रहेगी बच्चा तो यहाँ बड़े हो गए तो है टाइगर अच्छी अच्छी बातें लड़ रही है भैया तो ए भैया हाँ। तुम्हें तो, तो हाँ। एक जो अफ्रीका से जो आठ बड़े बिल्ला आ बिंदार है अरे वो हमने देखो फोटो बहुत ही सुंदर ए भैया मोहल्ला बच्चा वहाँ पीछे पड़ गए जयो खिलौना चाहिए आपने खिलौना लाया भैया तो टाइगर लानता विशेष विमान है वाली कंपनी है जा तुमने सही ऐसे मोदी जी नंबर वन ऐसी-ऐसी चीजें उनके अरे है है भैया लेकिन एक बात है मैं तो है चार में से देखो टाइगर आए है अपने पास है अपने पास लेफड़ है जो पेन थर आए जाएंगे भैया मोदी जी थोड़ी कृपा करते और शेर, और और शेर आ तो बता ए, तुम तो अपने बिहार में है गब्बर शेर कितने बंद है अच्छा अच्छा जंगल वाले चिंगे भैया खुले आम वाले खुले, खुले, खुले में खुले खुले में भैया सब कुछ हो मोदी जी है हमारी तरफ से तो भैया जन्मदिन की ढेर ढेर ढेर सारी बधाई है, है और ऐसी टाइगर मन में मरोड़ पड़ती है जंगल में मंगल कर रहे जंगल में मंगल कर रहे लेकिन टाइगर कितने टाइगर है मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाले टाइगर कहते हैं मैं जिंदा हूँ जो हमारे यहाँ वालों कहते हैं हमे जिंदा है सब तो यार सही भैया मोदी जी को जन्मदिन मन जाए टाइम कर आ जाए फिर हम तुम्हें चलो है? ठीक तो हैं चाय हाँ। पी बताएंगे कहा जाए राम